सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल डार्क हार्ट गेमिंग तो आज हम देख खेलने वाले हैं पब जिसे हम इंडियन वर्जन में कहें तो बैटल ग्राउंड इंडिया है तो बेसिकली ये मेरे मोबाइल में चल नहीं रहा था कुछ दिनों से तो अब चलने लगा है तो ये अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड ना कर पाएँ तो टैप टैप से भी कर सकते हैं अब ईजली हो जा रहा है वहाँ से क्योंकि मेरे में हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास प्ले स्टोर नहीं है मोबाइल ऐसा है कि इसमें प्ले स्टोर नहीं है तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो मुझे टैप टैप से ही करना पड़ा और बहुत ही आसान तरीके से हो गया था लेकिन कुछ दिक्कत हो रही थी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिपेयरिंग सोर्सेज लिख के आ रहा है और कुछ डाउनलोड हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा स्किप कर देता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे मैच में तो आइए तो यहाँ पे जब ये प्ले होता है तो ये पबजी वाले कुछ एनिमेशन से दिखाते हैं जो इंडिया वर्जन है उसमें ये एनिमेशन दिखाते हैं तो इसे भी स्किप कर देते हैं और मिलते हैं आके सो बेसिकली हम यहाँ पे लॉबी में एंटर कर चुके हैं अब यहाँ पे जो है मैंने ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग करी है ये थोड़ा गेम खेलने के बाद करिए तो मैं आपको फ़नी मोमेंट्स बताने वाला हूँ इसमें जो भी हुआ है मेरे साथ तो आज के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे <coughs> खेलेंगे पबजी कभी कभार कभी कभार मतलब ज़्यादातर पबजी खेलेंगे और इसके वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो यहाँ पे मैं कंट्रोल्स चेंज करता हूँ क्योंकि जो इसके कंट्रोल होते हैं वो मेरे से मैं अपने तरीके से खेलता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल चेंज कर रहा था कुछ कुछ हादसे हुए हैं इस गेम में ऐसे मेरे साथ तो मैं आपको ये पूरा गेम प्ले तो नहीं दिखाऊंगा बस वो सीन दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं तो आइए मैं स्किप करता हूँ इसे और दिखाता हूँ आगे तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मैं एक बंदे को मार के आ रहा था और यहाँ पे अचानक से एक बंदा मेरे पास आ गया तो उसने मुझे नॉक कर दिया था तो मैं मांगने गया था इन हेल्प तो ये बंदर ने देखो क्या करा अब कि मुझे रिवाइव करने के बजाय चलो ये तो बढ़िया करा इसने अब इसे रिवाइव करना चाहिए था तो मैं इसके पीछे पीछे जा रहा था तो ये बंदा रिवाइव करने के लिए तैयार नहीं था नाम था इसका मिस्टर साहिल मतलब कोई ये जोक है जोक है देखो उधर से भी एक बंदा आ रहा है उसे मार दिया उसने अब मैं इसके पीछे पढ़ा हुआ कि कब मुझे रिवाइव करे, करेगा कब रिवाइव करेगा साइड से एक और बंदा पेलने के लिए आ जाता है मुझे यह देखो वो बंदा इतना मतलब वो है कि मतलब रिवाइव करने के लिए तैयार नहीं था फिर बाद में एक दूसरा बंदा आया मैं उसके पास गया मैंने सोचा कि शायद ये रिवाइव कर देगा लेकिन ये बंदा रिवाइव करा थोड़ी देर बाद इसने रिवाइव करा लेकिन वो बंदा तो भाई मतलब इग्नोर ही मार दिया उसने मुझे इसने फिर बाद में रिवाइव करा और उस बंदे को देखो उसे तो मतलब ही नहीं है कि स्कॉट में कोई नाको आए तो उसे रिवाइव भी करे तो मतलब कॉमेडी हो गया मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ कि मैं ढूंढ रहा था कोई बंदा दिख नहीं रहा कोई बंदा दिख नहीं रहा मैं मारूंगा मैं मारूंगा तो वो जो ती, दो तीन थे वो मेरे से पहले पहुँच जा रहे हैं और मार दे रहे उसे मैं मतलब मैं तो बस घूमने के लिए आया हूँ तो जी ऐसे तो समझ रहे थे अब माहौल ऐसा हो चुका था कि मतलब कोई मानने के लिए तो मिलने नहीं रहा था तब भी मैं कोशिश कर रहा था कि कोई बंदा मिले मुझे कोई बंदा मिले किसी को तो मार तो कोई मिलाता है नहीं मैंने सोचा गाड़ी में बैठ जाता हूँ और आगे चलते हैं तो बाद में मुझे ये पता चला <laughs> कि भाई इसका तो टायर ही पंचर कर दिया उन लोगों ने मैं चला जैसे रहूँ उसमें तो टायर ही नहीं है <laughs> देख सकते हो कि बिना टायर के गाड़ी चलाने के कोशिश कर रहा था भाई क्या सीन हो गया मेरे साथ तो फाइनली मुझे बदला लेने का मौक़ा मिल गया था जो जिस बंदे ने मुझे रिवाइव नहीं करा था वो हो चुका था यहाँ पे नाक आउट तो सोचो जो मौका मिला था मैं कैसे गवा सकता था लेकिन मैंने इसे बचा लिया जिस बंदे ने इसे मारा था नॉकआउट करा था तो मैंने उसे मार दिया और बाकी मैं यहाँ से बदला लेना चाहता था तो मैंने इसे रिवाइव कर तो दिया यार क्या मतलब कर देना चाहिए था ना तो मैंने यहाँ स्मोक करा और इसे रिपाक कर दिया मतलब बदला लेने का मौका तो मिला ही था लेकिन मैंने वो तो, तो कर देते हैं आखिर है तो अपना टीम मेट है ना तो मैंने इसे रिवाक कर दिया और पीछे से एक बंदा आया और क्रेड लूटने लगा तो यहाँ पे फिर से मेरी फिल्म कट गई थी क्योंकि इसे रिवाक करने के चक्कर में मैं थोड़े समान लूट नहीं पाया था और जोन हो चुका है और यहाँ मेरी ईमानदारी देखो कि मैंने मतलब भागने का वजह मैंने उसे बिठाने की सोची कोशिश करी तो इतना मानता रहा देखा कहीं नहीं देखा हुआ जो कि आगे का एक टायर पंक्चर हो चुका था लेकिन हम भगाने में एक्सपर्ट है तो हम भगा के ले आए थे इसे और यहाँ पे हम जीत चुके हैं मैच लेकिन जिसमें मुझे बंदे मारने के लिए इन्हें नहीं मिले खासकर इन दोनों की वजह से तो गुस्सा तो बहुत आया लेकिन इस बात की खुशी थी कि हम जीत गए तो कोई बात नहीं अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें हम मिलेंगे अगली बार तब तक के लिए